हेलो गाइज तो मॉर्निंग ऑल ऑफ यू तो कैसे आप लोग गाइज़ तो अच्छे होंगे तो आज मैं लेके आया हूं आर वन फाइव और बुलेट दोनों की कंपेरिज़न करने के लिए गाइज़ तो आज इन दोनों का कंपेरिज़न करेंगे और पहला बात तो गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह पर ले सब्सक्राइब कर लें चैनल तो गाइज ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके बैलाइकन को जरूर दबा देना तो ठीक है गाइज़ अभी हम लोग करेंगे आर और बुलेट की रेसिंग कौन जीतती है तो बुलेट 350 सीसी की है और ये आर वन फाइव एक सौ पचपन सी हम लोग करेंगे दोनों बाइक की तो आप लोग लुक देख सकते हैं दोनों की एकदम तगड़ी लुक है दोनों का दोनों गाड़ी सेक्सी लग रही है एक नंबर है गाइस तो चलिए चलते हैं पहले रेसिंग करते हैं दोनों का टेस्ट करते हैं कौन जिनर होती है तो आज के नए ब्लॉग में आप सबको दे सारा प्यार चलिए चलते हैं तो मैं चलाऊंगा R15 R15 R15 मैं चलाऊंगा तो गाइस हम आर वन फाइव में रवि रवि रेडियो और जैसे वैसे ही निकल जाना ठीक इस तो बुलेट भी अच्छी तकलीफ शुरुआत में टक्कर दे रही है तो आप लोग देख सकते हैं आर वन तो फाइव की पूरी टक्कर दे रही है बुलेट और आर वन आगे निकलने वाली है तो टक्कर दे दे और ये आर वन फाइव आगे निकल चुकी है आप लोग दे सकते हैं पहला राउंड में आर फाइव अभी निकल चुका है काफी आगे निकल चुका है अभी टू तक भी नहीं दिख रही है तो राउंड आर वन फाइव आगे निकल चुकी है आप लोग वीडियो में देख सकते हैं तो अभी हम लोग तो अभी दूसरा राउंड है आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा स्लो डाउन किया गाड़ी को बुलेट आगे निकलती हम से बचने का टेक्स पता हो जा रही है बुलेट का गैस मालूम है आगे और लास्ट होगी बहुत मेहनत होती है तो गाय वजह से बुलेट अब पीछे हो गई काफ़ी तो विनर फाइव तो विनर अभी फिर से अब तीसरा राउंड है तीसरा राउंड टेस्ट करते हैं देखते हैं कौन है तो विनर विनर अभी फाइव थी जीतते तो अभी हम लोग फिर से लास्ट राउंड है तीसरा राउंड है तो अभी हम लोग करेंगे ड्राइविंग चेंज तो आर वन फाइव चलाएगा रवि और मैं चलाने वाला हूँ बुलेट तो देखते हैं कौन जीता है ये लास्ट राउंड है गाइड तो जो जीतेगी वो विनर माना जाएगा गाइड तो चलिए रु जा रुक जा, जा नहीं हुआ भाई नहीं हुआ तो आप लोग देख सकते हैं आगे निकल चुकी है हमसे काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है मैं अभी एक के आसपास पास हूँ बीस के स्पीड हूँ पर उसका पीछा नहीं कर पा रहा हूं। तो हूँ तो भी हमसे बहुत आगे निकल चुका है बहुत तो ही आगे तो गाइस कुछ भी कर लो गाइस तो जीतेगा तो जीतेगा भाई अपना आर वन फाइव गाइस अगर रेसिंग के लिए अगर बाइक लेना है कम प्राइस में और बेहतर बाइक तो गाइस आप आर वन चूज करें और भौकाल के लिए तो भाई आप लोग को मालूम है मैंने पिछले भी वीडियो में कहा ही था अगर भौकाल मचाना है भाई तो आप बुलेट जरूर लो बुलेट आप जरूर लो ये देखो लोहा लोहा होती है चाहे गिर जाए कुछ भी हो जाए कोई टेंशन नहीं कोई दिल में दर्द नहीं पहुंचती है गाइज और अगर ये एक जड़ा से भी गिर जाए तो भाई लगता है कि दिल में बचा नहीं भाई। कुछ बचा ही नहीं कैसे लगता है दिल में कुछ बचा ही नहीं चुनने के लिए तो गाइज आप लोग को अगर कम प्राइस में और इस्पोर्ट बाइक चाहिए तो आर आप जरूर चूज़ कीजिएगा गाइस क्योंकि ये एकदम परफेक्ट है रेसिंग के लिए भी एक नंबर है अपना एंड भोकाल मचाने के लिए तो भाई जानते हैं बुलेट अपना तगड़ा है एक नंबर है पूरा तो गाइस आज का ब्लॉग लोग यहीं ख़त्म करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ आप लोगों के लिए गाइस तो आज के लिए यहीं आज यही ब्लॉग ख़त्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस कुत्ता टाइप